तो भाई और बहनों बहुत ही मधुर आवाज में एक गीत किशोरदा का जिसमें अपना रैप लेकर घुसेंगे रणवीर सिंह <laughs> जोरदार तालियां और साथ में मल्लिका तरन्नुम आलिया भट्टी उनके लिए जोरदार तालिया शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे हु जिंदगी सिखा तो नहीं शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिक्वान नहीं। कैसे मैं यहाँ पे पूछना? दर्द शायरी? मैं पे दर्द तुझको चाहिए सबूत क्या शिखर ये सोच पर जुड़ा हूँ जमीन से यकीन तुमको ना गया या मैं यकीन से लाख साथ नंबर प्यार है उसकी जीत मेरी कैसे जाऊँ हार में काट लो जुमा आंसुओं से गाऊंगा गाड़ दो मैं पेड़ बन ही जाऊंगा टूटता मेरे साथ था उजाले मिलने में मुझे हालात का ही हाथ था कलाकार मैं कल को आकार दूं यही है मेरा धर्म मेरी दूसरी को जाटना माँ हैली मेरी, मेरी माँ झुका लड़का एड़ा मैं झुकाने पर भी ना झुका सुन रहे जो मुझको पेश मारो प्यारो उनसे बना तो गीत में पर मैं खुद बनाऊँ तुमसे गौर कर लो मेरी बातों पे तुम ध्यान दो मैं मैं नम करू सुखू मैं देता कान को चिल्लाओ जोर से उठाओ अपने तुम असली से मिलाए हिंदुस्तान को हिंदुस्तान हिंदुस्तान को को असली से मिलाए रात को रोक लो तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं रात को रोक लो तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं सीख मुझको ये क्यों ये क्यों दूरी और तो कैसे होगी पूरी तेरी सीना जोरी लंबी गाड़ी जितनी किसकी खोली हाँ एक चावल की खाली बोरी एक पैसों से भरी भूरी कैसी ये मजबूरी हाँ बोलना अब देखो तो हम पास लेके सोचो कितनी दूरी है अब कैसी ये मजबूरी है सोचो कितनी दूरी है बिल्कुल फरमाइश के बाद आलिया और अमृत के लिए जोरदार तालियां